भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विडी शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश ने खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान शुरू किया है वहीं इसके लिए उन्होंने युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव कुमार को बधाई भी दी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा की भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा युवा दिवस के अवसर आरोप खेलेगा मध्य प्रदेश शुरू किया गया है जो हर विधान में खेल की प्रतियोगिताएं अलग अलग ट्रेडिशनल गेम ऐसी लेकर सभी गेम आरोप पूरे दो विधानसभाओं में खेलेंगे उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में यह अभियान शुरू हो रहा है जिसके तहत मैराथन यंग इंडिया रन मैराथन की शुरुआत हुई प्रत्येक एक मंडलों में युवा दिवस के अवसर पर मैराथन के माध्यम से खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत हो रही है स्वामी विवेकानंद की जयंती है राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस युवा दिवस के अवसर आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश ने खेलेगा मध्य प्रदेश जो हर में खेलों की प्रतियोगिताए अलग अलग ट्रेडिशनल गेम्स से लेकर के सभी गेम्स पर पूरे 230 सौ तीस विधानसभाओं में खेलेगा मध्य प्रदेश का अभियान शुरू हो रहा है उस अभियान के तहत मैराथन यंग इंडिया रन मैराथन की शुरुआत प्रत्येक 1070 मंडलों में मैराथन के माध्यम से खेलेगा मध्य प्रदेश के अभियान की शुरुआत हो रही है मैं युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष भाई वैभव कुमार जी को उनकी टीम को और सभी नेतृत्व को बहुत बधाई देता हूँ उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया है वो खबरें जो आपके काम की है